साथियों नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल एस्टोविद आशीष पर दर्शकों आज हम आपका परिचय कैसे ऐसे से कराने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से ही हमसे जुड़े और लगभग एक साल सवा साल पहले ही जो है अपनी कुछ समस्या लेकर हमारे पास आए थे और वो समस्या बड़ी बिकट थी क्योंकि कई चीज़ें उसमें थी आगे उस पर चर्चा करेंगे उसके बाद इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ ये खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और स्वागत करते हैं सचिन त्रिपाठी जी का बेसिकली चित्रकूट के रहने वाले हैं और इलाहाबाद बैंक में हैं तो सचिन जी नमस्ते मैं सचिन त्रिपाठी मेरा घर चित्रकूट है और मैं इलाहाबाद बैंक में ऑफिसर हूं अभी और मुझे मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स थी तो यूट्यूब में हम आशीष भैया से जो है फ़र्स्ट टाइम uh, मेरा इनका कांटेक्ट हुआ था तो फिर हम इनसे जो है बात किए और इनसे मिलने आए अभी से मतलब लास्ट ईयर डेढ़ साल पहले मैं इनसे मिला मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी तो उस पर बल्कि भैया भाई, जो है हम हमसे पैसे रुपए भी नहीं लिए मैं पहली बार जब इनसे मिला तो उसके बाद मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी नाइन्टी मेरी प्रॉब्लम्स अब तक में सॉल्व मतलब ठीक हो गई हैं तो अभी मैं आ, मेरा मतलब प्रोफेशनल जो प्रॉब्लम थी वो भी जैसा भैया ने बताया था वो भी मैंने किया वो भी सारी चीज़ें ठीक हो गई मेरे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो भी सारी लगभग लगभग ठीक हो गई हैं कुछ 10 5 परसेंट जो प्रॉब्लम्स अभी जो हैं वो बाकी हैं और मेरा प्रोफेशनल प्रॉब्लम था मेरा प्रोमोशन वगैरह ड्यू था जो तीन चार साल से प्रॉब्लम चल रहा था तो भैया ने जैसा बताया था वैसा किया और वो भी मेरा ठीक हो गया मैं अभी जो है प्रमोशन की ट्रेनिंग ट्रेनिंग में में ही आया अच्छा लखनऊ आपकी हाँ इलाहाबाद बैंक स्टाफ कॉलेज में मेरी ट्रेनिंग हुई जी जी जी और तो, उसके तो जो है, क्या, क्या रहा सचिन जी? मेरी है आप अपनी राय बताइए नहीं मेरा तो पर्सनल ज्योतिष में बहुत बिलीव है हाँ, लेकिन ये है कि मुझे सही आदमी नहीं मिलता था जी, पहले जी, सही आ, लोग नहीं मिलते थे मैं तो आपसे पहले ही बताया कि मुझे कई लोग मिले मुझसे पैसे भी लिए दस पाँच रुपए और उल्लू भी हमको मतलब <laughs> एक तरह से बना दिए। मेरा काम भी नहीं हुआ मैं अपनी इस मतलब मेरी बात बुरी लग सकती है किसी को लेकिन मैं जो हुआ वो बता रहा हूँ और आपसे जब हम मिले तो आप तो मैं पैसे भी नहीं लिए जो भी था और जो भी आपने मुझे ये दिया तो मेरा वो चीज़ पूरा ये काम कर रही है जो मुझे जो, हाँ, थी जो ये के मेरा जी जी हाँ, और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने जब दिया था तो उस टाइम मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है इतने रुपए देने के लिए तो आपने मेरे से पैसे भी नहीं लिए थे शायद मैं दो तीन महीने बाद में आपको पैसा भी दिया था उसके अलावा और सारी कई सारी चीजें आपने बताई थी क्या की जैसे की टू इलेक्शन की बात आपने बताई थी अच्छा हाँ हमने भविष्यवाणी की दी दी। आपने बताया था कि बीजेपी 300 प्लस जाएगी मतलब 290 प्लस और 310 हंड्रेड टेन के बीच में रहेगी दी दी। वो आपने बताया था तो बीजेपी जो है थ्री हंड्रेड और एनडीए का 350 फिफ्टी देखा अच्छा, करते हैं हाँ, वो मैं आपका सारा यूट्यूब में यूट्यूब में वो अभी भी शायद वीडियो पड़ा हुआ है दी दी दी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं बेसिकली ये भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर के। तो एक हमने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली डाली थी 2017 के आसपास। तो उसमें भी हमने बताया था कि दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे फिर हमने तो जो तो है चुनाव ग्रह गोचर की स्थिति भी बीजेपी की बम जीत का ऐलान कर रही है तो इसका जवाब भी हाँ मे मिल रहा है तेईस मई को जो गोचरीय स्थिति रहेगी ये भी सारा दर्शकों कई हद तक की चीख चीख के कह रही है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 340 340 सीटों के मद, 280 से 340 सीटों के के 280 से इसमें प्लस माइनस तो बीजेपी की, आएगी। की छोड़ हमने जो है चुनाव से लगभग डेढ़ दो महीने पहले एक हमने विश्लेषण डाला था और वो विश्लेषण हमारा जी न्यूज पर भी सचिन जी आया था चुनाव के पहले भी जी न्यूज पे आपकी न्यूज आई थी जी और इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद भी आपकी जो प्रडिक्शन थी उसको दिखाया गया जी न्यूज उन्होंने दिखाया जी जी जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी दिखाई की तरफ से जो है बात भी हुई थी उसके अलावा आपने पंजाब में या कहा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें साठ सत्तर लोगों की वो वो जो वाला था हमने डेथी टैब में डाला था कि कोई हादसा बहुत बड़ा होने वाला है जो है और वो हादसा हुआ और कोई तूफान कहीं आया हुआ था उसके देख का भी डाले थे, ट्रेन हादसे का भी डाले थे और ये अभी जो एक चक्रवात आने वाला है वायु इसके बारे में भी हमने हाँ। डाला था और ये सब देखिये घटित हो रहा है तो सचिन जी एक चीज और बताई है आप हमने आपको एक प्रशन और बताई थी हाँ मेरी मैरिज को लेके बताइए जी कि तुम्हारी शादी जो है इम्प्लाइड कोई लड़की से होगी तो जो अभी फ़िलहाल जिससे बात चल रही मेरी शादी की तो उसमें नाइन्टी परसेंट मतलब मेरी बातें हो गई हैं उस रिश्ते पे और वो एम्प्लॉड ही है हमने कहा था सोर्स ऑफ इनकम आपकी दो होगी हाँ, हाँ याद है तो आपको याद है वो हाँ, पर्चा हमने मना करके आपको दिया हाँ, था बिल्कुल और आपके कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानी थी आपके हाँ, जो मतलब वो भी मेरे मतलब सीनियर्स से, से प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें भी मतलब आपने जो बताया उसके हिसाब से वो सारी प्रॉब्लम अभी लगभग अभी सब कुछ नॉर्मल हो गए अब आप फील कर रहे हैं पहले से। आपके पास से जा तो अच्छा। मतलब सबको यही बोलूंगा मतलब ज्योतिष सिर्फ साइंस है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंडित जी लोग मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं या ढोंग करते हैं या जो भी है सबका अपना अपना मानना है लेकिन ज्योतिष एक्चुअली में साइंस है कोई इसमें ना ढोंग है ना कोई जो है इसमें बुराई है अगर व्यक्ति सही है तो देखिए के के देने को को हाँ हम हाँ। बोलते हैं हैं लोगों सुबह हाँ। उठ जाइए मन मन में में है नहा दीजिए नहीं मन में आप ऐसे जा करके दे मैं सकते बिल्कुल आपने बताया उसके पहले से भी मैं कर रहा हूं हालांकि लेकिन अभी जब आपने बताया था तो उसके बाद कंटिन्यू बनी हुई है अभी मैं यहां भी आया हुआ हूँ तो मैं अपनी लोटिया वही देखिए करते रहना है सूर्य देव की आपको नित्य आराधना करनी है और भी अभी हम आपकी हॉरोस्कोप चेक करेंगे और बताएंगे आप सबको यही बोलूंगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो आपसे कांटेक्ट करें अगर किसी के पास पैसे नहीं है फीस नहीं भी वो दे सकता है तो भी मुझे लगता है उसको यहाँ से कोई ऐसी नहीं है एक चीज बताए हम जो है लोगों की मदद करते हैं हेल्प करते हैं हम बाहर भी जाते हैं तो अगर पंद्रह बीस कुंडली हम फीस ले करके देखते हैं तो दो चार कुंडली हम जो है फ्री में देखते हैं जो जरूरतमंद तो है। आए थे ना तो आपकी हॉरोस्कोप हम चेक करके देख लेते हैं, आप भले जो है मतलब जॉब में आए हैं लेकिन फैमिली प्रॉब्लम थी आपकी आपकी हाँ। कुछ अपनी पर्सनल समस्याएं थी लेकिन इतना तो था कि आपके पास पैसे की जो है बहुत ज्यादा और कुंडली देख के ये जान जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है हाँ, हमने आपको अगर रूबी दिया तो हमको हमको ये पता होना चाहिए कि इनसे हमको आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा करी लेकिन करीवा... हमें पता था कि हाँ भाई सचिन जी जो है बहुत अच्छे नेचर के हैं और ये आगे हमको दे देंगे हमने भी सोचा की सचिन इनका... जी सचिन जी आप पहले ऐसे नहीं है हम तमाम लोगों को ये सब प्रोवाइड करा चुके हैं तमाम लोगो को आपके इलाहाबाद के तमाम लोग हैं प्रोवाइड अच्छा आपको हमारा ये वीडियो कहाँ से मिला था टारगेट विद आलोक जो हैं सर आलोक तो, सिंह हाँ तो अच्छा, उन, उनका मैं वीडियो देखता था उनकी जियोग्राफी मतलब मैं क्लासेस देखता था थी। थी। तो उनके थ्रू एक बार उनके मतलब इंटरव्यू में आप थे तो उसके थ्रू मैंने फिर आपको यूट्यूब में सर्च किया था और वहां से मैं उनके मैं। तमाम मित्र जो है ना उनकी एक नहीं कम से कम तीस से पैंतीस मित्र मिल चुके हैं और ऑलरेडी वो जो है लोअर पीसीएस पीसीएस अपर में सिलेक्शन ले चुके हैं। हाँ, को तो जी, आप लोग हाँ। जी जी आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं ये ऐसा क्या करे की इनका सिलेक्शन आई बी पी एस के थ्रू जल्दी हो हम तो उनको यही कहेंगे की वो अपना मतलब प्रिपरेशन अच्छे से करें और कोई लोगों को ज्योतिष पे भी मुझे लगता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार कांटेक्ट करके जरूर देखें क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमें प्रॉब्लम होती है वो हमें पता नहीं होती हैं फिर हम किसी के हम लोग कर्मवादी जो है ठीक है अच्छी बात है लेकिन भाग्य का भी साथ रहना बहुत जरूरी है अब आप खुद देखिए पांडव पाँच भाई थे फिर भी अज्ञात जो है अज्ञातवास गए कि नहीं बिल्कुल युद्ध हुआ कि नहीं हुआ भगवान राम हाँ भगवान राम का आप देख लीजिए बिल्कुल 14 वर्ष तक की वनवास तो भाग्य बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कि हम यहाँ का भाग्य नहीं बदलते हैं आपको याद होगा अगर हम किसी का भाग्य बदलते तो आज हम भी कहीं जिले के, के कलेक्टर होते हैं मोदी जी की जगह हम देखिये जो कर्म करेगा निश्चित ही वो सफल होगा बस हम लोग रास्ता बताते हैं कि भाई साहब आप लोग अगर इस रास्ते पर चलोगे तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे लेकिन अगर आप इस पर जाओगे तो नहीं पहुंचोगे। तो वही चीज ज्योतिष होता है। एक छाता हम आप लोगों को देंगे, कि आप अपना खुद मेहनत करिए और एक बार ट्राई करके देखिए ज्योतिष ढोंग नहीं है विज्ञान है उसमें सत्यता है और भैया तो बहुत ईमानदार है इस विषय लेकर तो मेरा तो ये बोलना है दर्शकों अब आपसे लेते हैं विदा और दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने अगले भागीरथ के साथ और सचिन जी को आप जो है शुभकामनाएं दीजिए इनके उज्जवल भविष्य के लिए तो दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और सचिन जी की ये जो स्टोरी है इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पेज पर जमकर शेयर करिए